आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं आम पन्ना की रेसिपी बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये समर के लिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो यहाँ पर मैंने कच्ची आम ली है लगभग आधा किलो और इन्हें धोकर अच्छे से मैं छील लूँगी अच्छे से छीलने के बाद अब मैं इन्हें पीसीस में कट कर लूँगी और गुटली को हम इनसे अलग कर लेंगे अब ये जो पीसीस हमने रेडी कर लिए हैं इन्हें मैं कढ़ाई में, में ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब इसमें ऐड करूँगी आधा कप पानी और इसे ढककर कर से सात मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने को छोड़ दूँगी यहाँ पर लगभग पाँच मिनट हो गए हैं आमियाँ अच्छे से मैशी सॉफ़्ट हो गई हैं अब इसमें ऐड करूँगी तीन चौथाई कप चीनी अच्छे से यहाँ पर इसे मिक्स कर लूँगी और अब दो मिनट के लिए और इसे हम पकने देंगे जब तक कि चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट ना हो जाए अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे हम ठंडा होने को छोड़ देंगे अब यहाँ पर लूँगी एक मिक्सचर जार और इसमें आधा कप पुदीना ऐड करूँगी आमी का पल जो हमने बनाकर रखा था वो भी ठंडा हो गया है वो मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब इसमें ऐड करूँगी एक बड़ा चम्मच काला नमक आधा बड़ा चम्मच यहाँ पर जीरा पाउडर भी ऐड करूँगी और अब इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट हम रेडी कर लेंगे ये हमारा बिल्कुल बारीक सी इसकी प्यूरी बनकर रेडी है आम पन्ना बनाने से पहले गिलास को थोड़ा सा हम सजा लेंगे जिसके लिए यहाँ पर मैं प्लेट में लूँगी एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर दो छोटी चम्मच चीनी एक छोटा चम्मच काला नमक अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी अब मैं एक गिलास लूँगी और इसके एजिस को नींबू के एक छोटे से पेस्ट से रब कर लूँगी और अब गिलास को इस तरह से मैं उल्टा करके रखूँगी और ये देखिए हमारा गिलास देखने में कितना सुंदर लग रहा है और इसमें खट्टा तीखा मीठा सारे टेस्ट आएंगे जब हम ये आम पन्ना पियेंगे यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है जिससे तीखा बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा और अब गिलास में ऐड करूँगी दो से तीन आइस क्यूब और दो से तीन बड़े चम्मच यहाँ पर मैं आम पन्ना का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था वो ऐड करूँगी यहाँ पर मैं मीडियम साइज का गिलास ले रही हूँ इसलिए मैंने दो से तीन बड़े चम्मच आम पन्ना का मिक्सचर लिया है